हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन दोस्तों आपको चेस ओपनिंग में अलग अलग तरह की नई नई लेटेस्ट मूव्स सीखनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे अभी हाल में कंपटीशन इतनी चेस में बहुत ही बढ़ गई है कि हर रोज आप कोई भी ओपनिंग तैयार करके जाते हो टूर्नामेंट में और आपके अगेंस्ट सामने वाला कुछ नया लेके आता है तब आप कन्फ्यूज हो जाते हो इसीलिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार ओपनिंग e4 e5 अगेंस्ट बी ओपनिंग जो बिशअ ओपनिंग कहलाती है उससे ब्लैक के कैसे प्ले करना है ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा खास करके दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू तो प्ले अगेंस्ट ई e4 white प्लेस अब मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम स्कैंडियन के बारे में बहुत कुछ वेरिएशन सीख चुके हैं आज मैं आपको नॉर्मल जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली ओपनिंग जो e5 फाइव इसके बारे में बताऊंगा वाइट प्लेस सेकंड मूव नाइट एफ थ्री ज्यादातर लो सेकंड नाइट एफ थ्री इसके सामने आपको खेलना है नाइट सी After knight c6 white plays bishop c4 दो वेरिएन दोस्तों B5 और भीशब c4. भीशब B5 खेलने से रू लोपेज ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा की बीबी फाइव के सामने लियोन आरोन वेरिएशन मैंने तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बी सी फोर उसके सामने आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स जनरली गोईको पियानो अगर आप खेलना चाहते हो तो बी सी फाइव एन सी थ्री और डी फोर ये सब इसमें हमें नहीं पढ़ना है नाइट एफ सिक्स इज ओके अब यहाँ पे ज्यादातर प्लेयर नाइट जी फाइव एफ को टारगेट बनाते हैं नाइट जी फाइव ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए पहले जो ओल्ड वेरिएशन था उसमें ब्लैक फंस जाता था नाइट जी फाइव से तो तब मेन थी, वाइट वाइट पॉन पॉन करता करता, था और नाइट नाइट नाइट टेक्स के बाद क्रॉस क्रॉस आफ्टर किंग उसके बाद क्वीन एफ चेक और वो अपना पीस वापस लेता है और अगर आप पीस देना नहीं चाहते हो तो किंग को ई सिक्स फोर्स मूव है और उसके बाद नाइट सी और यहां से पूरा कमांड वाइट के हाथ में चला जाता है लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि हमें क्या करना है जो मेन मैंने आपके लिए एक सरप्राइज मूव तैयार करके रखी है सरप्राइज मूव जो कभी वाइट ने सोचा भी नहीं होगा e4, e5, ई फाइव नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स विशअप नाइट एफ सिक्स एंड नाइट जी फाइव यहाँ पे आपको डी फाइव तो खेलना ही है नाइट क्रॉस डी फाइव नहीं करना है अब मैं आपके लिए बहुत ही जोरदार मूल आया हूँ ये आप सोचोगी की यहाँ पोन टेक्स नाइट मर रहा है और भी सबसे मर रहा है तो इसमें सभी वेरिएशन में ब्लैक को ही फायदा होता है तो बी फाइव के बाद व्हाइट के पास तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बिशअप एफ वन दूसरा ऑप्शन है बी टेक्स बी और थर्ड ऑप्शन है सी टेक्स और डी टेक्स सी टेक्स तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं बिशअप एफ वन बिशअ एफ वन के बाद आपको खिलना है नाइट डी अब आपका नाइट भी बच गया और ये पॉइंट को सपोर्ट भी हो गया फोर के बाद वाइट खेलेगा यहाँ पे सी थ्री सी थ्री के बाद नाइट क्रॉस डी फाइव अब हर एक मूव में आपको काउंटर ही काउंटर दिखेगा यहाँ पे काउंटर ही काउंटर तो ये कुछ नया है और ट्राई करने जैसा है मैं बहुत बार ये खुद ही ट्राई कर चुका हूँ और बहुत सक्सेस हूँ और मैं फीडे गेटिंग टूर्नामेंट में भी ये गेम खेल चुका हूँ इसीलिए मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ तो नाइट के बाद में व्हाइट अगर नाइट मरता है तो क्वीन टेक्स जी फाइव आपको पीस वापस मिल रहा है अब क्वीन के बाद यहां पे वाइट खेलेगा चेक आपको सिंपल किंग डी एट खेलना है आफ्टर किंग डी एट क्वीन टू एप थ्री आपके नाइट पे अटैक यहां पे आपको खेलना है इटेक्स डी फोर ईडी फोर कैसल करेगा यहां पे रुक बी एट बिशअप आपके नाइट पे दो आईटेक आते हैं सिंपल विशअप टू बी सेवन डिस्कवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर डी थ्री यू कैन प्ले Knight E3. Sacrifice your knight. पे देखो दोस्तों से नाइट मारने जाएंगे तो टेक्स हम भी discover दे रहे हैं। और अगर टेक्स नाइट किया, तो हम आ, आ, टेक्स नहीं पर हम पौन से बिशअप मारेंगे अब क्वीन g3 थ्री फोर्स हो जाएगा क्वीन जी g3, आप सिंपल e takes एक्ट टू चेक किंग h1 और यहाँ पे क्वीन एच और बहुत ही अलग, अलग अलग आपके पास यहाँ पे थ्रेड है नेक्स्ट में तो बिशाप डी दे सिक्स टेन फोर्समेंट तो दोस्तों ये थी लाइन नंबर वन ये आप नोट डाउन करके अलग अलग मूव से बाकी के मूव आपको एनालिस करने हैं दोस्तों सभी मूव में बताने जाऊँगा तो वीडियो आपका वन आवर से ज्यादा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ तो चलिए देखते हैं दूसरा लगेसन E4 e5, knight f3, knight c6, bc4. अगर आप ये नाइट को अलाउ नहीं करना चाहते तो सिंपल भी खेल सकते हैं लेकिन bc5 से बेटर है e7 में बताना चाहो ये आपके लिए बेस्ट में होता है लेकिन मैं तो कहूंगा कि नाइट f6 और नाइट g5 को अलाउ करो और ब्लैक को इसमें बहुत ही चांसेस है आफ्टर नाइट g5 आपको सेम खेलना है d5. e5 और काउंटर में b5। अब दूसरा वेरिएशन है b5। इसमें अगर बिशप टेक्स फोन मारते हैं तो आपको यहाँ पे काउंटर में क्विंटेक्स d5 और क्विंटे b5 फाइव की थ्रेड भी है आपका नाइट भी सेव हो जाएगा नाइट सी थ्री अगर वाइट क्वीन पे अटैक करता है तो नेक्स्ट मूव में आप क्विंटेक्स g2 और रुक पे थ्रेड दे दो आप्टर क्वीन एफ थ्री पे दोस्तों बेस्ट मूव क्वीन एफ है यहाँ आपको क्वीन एक्सचेंज कर लेना है क्योंकि क्वीन टेक्स जी फाइव ब्लेंडर होगा यहाँ पे विशअप टेक्स नाइट हो रहा है तो सिंपल क्वीन एफ थ्री उसके बाद नाइट टेक्स एफ थ्री और सिंपल बिशप डी सेवन डी थ्री देखो नाइट टेक्स ई फाइव नॉट पॉसिबल विशप टेक्स देन बिशप टेक्स और उसका नाइट प्विन हो रहा है तो यहाँ पे वाइट खेलेगा डी उसके बाद आपको खेलना है नाइट डी यहाँ पे फोर्स एक्सचेंज है बिशप टेक्स डी सेवन किंग टेक्स डी सेवन और नाइट टेक्स डी फोर नाइट ई फाइव ब्लैंडर है दोस्तों नाइट इसलिए ब्लंडर है कि किंग ई सिक्स आ जाएगा और उसके बाद उसको नाइट भी बचाना पड़ेगा और सी टू पे की रेट है तो नाइट डी फोर कंपलसरी मूव है यहाँ पे आप इ टेक्स डी करोगे नाइट ई और R e एट बहुत ही बढ़िया पोजीशन में व्हाइट खे, ब्लैक खेलेगा यहाँ पे आ, इक्वल पॉम लेकिन डेवलपमेंट ब्लैक बहुत ही आगे है इसमें तो देखते तीसरा वेरिएशन थर्ड वेरिएशन में ई फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री एन सी सिक्स बिशफ सी फोर नाइट एफ सिक्स नाइट जी फाइव Then d5, e -takes d5, b5. Third variation टेक्सिक्स यहाँ पे सिंपल आपको बीटेक्स फोर करना है उसके बाद क्वीन ई टू डबल अटैक ऑन रिस्पोन और सी pawn फोन पे यहां पर आपको क्वीन डी फाइव से दोनों फोन को सेव करना है वाइट कैसल करेगा क्योंकि जी टू पे भी attack है आपका तो यहां पे व्हाइट कैसल कैसल में आपको बी डी सिक्स अपने ई फाइव पोन को सपोर्ट देना है बीसप डी सिक्स के बाद नाइट सी थ्री क्वीन टेक्स सी सिक्स आपको जो पोन दिया है वो वापस मिल ही रहा है आफ्टर डी फोर पिनिंग पॉन पे डबल अटैक यहां पे आपको एन पास से मार देना है ये पोन को सीटेक्स और वाइट बी पोन से ही मारेगा सी टेक्स डी थ्री उसके बाद आप कैसल कर सकते हो सिंपल कैसलिंग नाइट सी फोर सेंट्रलाइज सिंपल नाइट नाइट नाइट सिर बीस बी सेवन दोस्तों देखो अब ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है क्योंकि दोनों बी सब किंग साइड डायग्नल में लगे हुए हैं ओपन डायोगनल है यहाँ पे कभी भी एफ फाइव करके नाइट को प्ले करके आप यहाँ पे मेड ट्रेड दे सकते हो तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और लाइक भी कीजिए कमेंट भी दीजिए अगर आपको इसमें कोई मूव्स में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में तो मेरा अगला वीडियो होगा ई फो ई फाइव और रूई लोपेस के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है थोड़ा एक आधे हफ्ते में मैं फिर से बनाने वाला हूँ तब तक के लिए इस वीडियो इस ओपनिंग को आप प्रिपेयर कीजिए और एक हफ्ते में आप अच्छे से तरह से ली चेस ऑनलाइन या चेस डॉट कॉम जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ये ओपनिंग पहले ट्राई कीजिए उसके बाद आप टूर्नामेंट में अप्लाई कीजिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही मजा आएगा आपको ये खेलने से तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात